आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। अमिताभ और प्राण दोनों बस स्टॉप पर खड़े थे बस आई और प्राण चढ़ जाता है पर अमिताभ नहीं जाता क्यों जवाब सोचने के लिए आपके पास 10 सेकंड का समय है क्या आपने जवाब सोच लिया है तो आइए देखते हैं कि इसका जवाब क्या है प्राण जाए पर बच्चन न जाए खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया भाई मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता